चिकन चोरमा तो आप सभी ने बहुत बार खाया होगा हर जगह मिलता है आज के समय में मगर क्या आपने कभी वेज चिकन शोरमा खाया क्या जिसके स्वाद से लेकर शक्ल तक दोनों सेम टू सेम बिल्कुल चिकन शोरमा जैसी वो नहीं खाया तो चलो कोई नहीं चिकन टिक्का तो खाई होगा वो तो किसे नहीं पसंद मगर वेज वाले चिकन टिक्का की ना बात ही कुछ और है। तो बिना किसी के वीडियो शू करते हैं आपको जाते हैं वाला वेज खाना कहाँ मिलता है स्वाद कैसा तो चलिए मेरे आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ सूरज मेला में जो की विश्व बहुत ही प्रचारित मेला देख सकते हैं लो की तदार देख के मेरा भी मन कर रहा था यहाँ आने का और मैंने यहाँ पे देखा सबसे पहले वेजले का सूर जो की बेच रहा था ज वाला वेज खाना तो आप यहाँ देख सकते हैं भैया सबसे पहले लगाने जा रहे हैं यहाँ पे चिकन चोरमा चिकन चोरमा तो भैया मेरे को बहुत ज्यादा से वेज वाला तो भाई बात ही क्या घर वाले भी खुश। से भी है। तो आप सोच सकते हैं एक ही स्टाइल में कितना ये होने वाला है तो सबसे पहले भैया ने शोरमा के पैकेट खोलने शुरू करे देख सकते हैं बिल्कुल चिकन जैसे इसकी फीलिंग थी और जैसे बोनलेस चिकन उतना शोरमा के लिए तैयार बिल्कुल वैसे ये कटा हुआ था और देखने में इतना यमी लग रहा था कि मन कर रहा था अरे ये वेज तो हो ही नहीं सकता ये तो नॉन है भाई देख में से ही लग रहा है चिकन है ये तो मगर नहीं ये प्योर वेज है सोया चाप द्वारा बनाया जाता है आप भी देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे चिकन पीसेस को उठाते रहेंगे भैया और इसे लगाते रहेंगे के जैसे कि लग इस को उठा के कर दिया जाएगा के लिए फिट ताकि इसे अच्छे से जा सके। उसका जो स्वाद आता है ना भाई लेबनीस खाने की तो बात ही कुछ और क्या आपको पता था चिकन शोरमा लेबनीस खाना होता है नहीं तो मेरे को जरूर बताइएगा और यहाँ पे घूमना शुरू हो चुका है पकना शुरू हो चुका है इसे अच्छे से पकाया जितना भी मसाले वाला पानी है या कह लो सालम है इसको इकट्ठा करके दोबारा से इसके ऊपर ही डाला जाएगा अगर आप देख सकते हैं इस मसाले वाले पानी की भी बरसात कर दी गई है अब इसे अच्छे से पकाया जाएगा और जैसे ही पक के तैयार हो जाएगा भाई तो अब तो मेरे से इंतजार ही नहीं हो रहा जल्दी से लगवाते अपना शवरमा और आपको बताते इसका स्वाद कैसा है तो इसके लिए सबसे पहले भैया ने तवे पर डाल दिया तेल तेल के बाद बारी आ गई प्याज के तो यहाँ पे ढेर सारी प्याज डाली गई अब इन्हें अच्छे से कूटा जाएगा जैसे शवरमा को कूटा जाता है ना उसी प्रकार सारी की सारी प्याज को भी इसी तरीके से कूटा जाएगा कूट के इन्हें कर दिया जाएगा साइड उसके बाद बारी आगे शवरमा काटने की तो बड़ी सी चाकू लेके छूरी लेके इसको अच्छे से काटा जाएगा जैसे की चिकन शवरमा को काट के तैयार करा जाता है भाई देखने में तो बिल्कुल चिकन शवरमा जैसे ही लग रहा है देखते तो भैया कोई कह नहीं सकता की वेजिटेरियन वालों के लिए भी हो सकता है आपको क्या कभी ऐसा लगा था मेरे को तो भाई कभी नहीं लगा भाई वैसले वालों ने तो कमाल ही कर दिया अगर आपको इनका चिकन शूरमा पसंद आया वेजिटेरियन हो आप स्वाद लेना चाहते हो तो अपने आस पास के डिपार्टमेंटल जैसे ये तैयार हो गया इसमें डाल दी जाएगी भाई प्याज जो अलग से काट के रखी गई थी आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कूट कूट के तैयार करा गया तैयार करने के बाद ये आ सारी की सारी प्याज अभी से उछाल उछाल के मिक्स करा जाएगा दोबारा इसे इसे कूटा जाएगा पूट -पूट के बिल्कुल बढ़िया सारे सारे बार तो अरे भैया भैया ने तो कमाल कर दिया बिल्कुल लग रहा है ना भैया चिकन शवरमा जैसा इसके ऊपर आ गई थोड़ी सी म्योनीस और ये आ गई इनकी स्पेशल चटनी चटनी डाल के अच्छे से मिक्स करा जाएगा मिक्स करने के बाद इसमें डाला जाएगा भाई शवरमा आप यहाँ देख सकते हैं इसकी फिलिंग को भी अच्छे से भर दिया गया है अब इसे कर दिया जाएगा रोल और यहाँ पे हमारा शवरमा बनकर तैयार है इसको दो टुकड़ों में काट दिया जाएगा और डाल दिया जाएगा प्लेट के ऊपर अब हमारी प्लेट भी लग चुकी है तो मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा है ऊपर से बेहद चटनियां भी थोड़ी थोड़ी दे दी है तो चलते हैं इसका स्वाद लेते हैं आपको तो बताते हैं इसका स्वाद कैसा है तो भाई मैंने इसे खाया और मैंने इसे खा के हैरान परेशान हो गई की कैसे ही वजह हो सकता है भैया बिल्कुल नॉनवेज वाले स्वाद और स्वाद इतना गजम है ना आप इसे एक बार खाओगे मन करेगा कि पूरा का पूरा पैकेट लगता रहे और मई खाती रहूं। अब दूसरी और इस तंदूर पे लगने जा रहे हमारे चिकन टिक्का तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तंदूर बिल्कुल गरम हो चुका है और यहाँ पे आगे हमारा मलाई चिकन टिक्का और अफगानी चिकन टिक्का दोनों को दीदी ने बड़े प्यार से घुमा घुमा के अच्छे से आप पे हाँ देख सकते बिल्कुल बढ़िया तरीके से गया सेकने के बाद थोड़ा थोड़ा अमूल बटर का इस्तेमाल करा गया ताकि इनका जो स्वाद है ना वो दुगुना हो सके क्योंकि अमूल बटर के बिना टिक्के तो भाई अधूरे है जैसे ही एक टिक्का सिक्के तैयार हुआ इसको निकाल लिया गया बरनी के अंदर बरनी के अंदर आप डाली जाएगी थोड़ी सी म्योनीज या फिर आप कह लो क्रीम क्रीम डालने के साथ साथ इसे अच्छे से मिलाया जाए क्योंकि इसी में सारे के सारे मसाले होते हैं तो आप जब भी इसे ऑर्डर करेंगे ना आप इसे माइक्रोवेव में भी बड़े आसानी से बना सकते हैं जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा इसके साथ डाली थोड़ी सी हरी चटनी और प्याज और यहाँ पे हमारी प्लेट लग के तैयार है लग रही है ना बिल्कुल शानदार से दीदी ने सारी की सारी पे एक, एक टूथ पिक लगाई गई ताकि खाना भी हमारा आसान हो सके मेले में खाना ना वैसे बहुत कठिन हो जाता है उसके बाद अब चलते हैं इसका स्वाद भाई मैंने ये चिकन टिक्का खाया और ये ज्यादा बेहतरीन था अगर आपने कभी बोनलेस चिकन टिक्का खाया ना बिल्कुल आने वाला है तो आप भी अगर सोचते हो नवरात्रों में या घर वालों के व्रत में आप क्या खाओ तो अब आप जाके वैसले का खाना ट्राई कर सकते हो मेरे को बहुत पसंद आया ऊपर से बात करीजिए इनकी वेज वाली चिकन बिरयानी की तो होए। इसकी तो मैं फैन ही हो गई लोगों की भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको इनका खाना कितना पसंद आए तो आप भी ऑर्डर करिए मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में